सुगात जब अभी हम लोग जाने वाले यहाँ पे अपना अरनाला बीच जा रहे हैं और ये बोल रहे हैं नवापुर जाते हैं नवापुर भी वही बाजू नहीं है पर अभी हम लोग गाड़ी पे आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही है मुझे पता नहीं पर मैं ब्लॉक शूट कर रहा हूँ तो चलते हैं अभी फटाफट फड़ से नवाप मैं कल भी नहीं रहा मज़े लेने हो हो गाड़ी बैठने से से मतलब है है है क्या क्या क्या क्या तू ले चलो में आगे।, आगे दे इधर अंदर क्या क्या <laughs> तो चलाएगा कैंपस ज़्यादा बड़ा बन रहा रहा पेट्रोल ही नवापुर हां मेन रोड से लेफ्ट एक नाका के देर में आपको किला लगेगा इधर से अंदर लेफ्ट मारा फिर एक नाका आएगा एक नाका आएगा सीधा सीएस नहीं नहीं ये पूरा सीधा सीधा क्या कर रहे हो तुम लोग लेफ्ट हां इधर से मारो इधर से मारो छोटे लेफ्ट इधर से लेफ्ट लेफ्ट से सीधा ये समुद्र से ले... लेफ्ट इधर से पूरा सीधा चले छोटे किधर और मतलब अरे बंसी गाड़ी नीचे नहीं ले दे जा रहे और ये गाड़ी चला रहे चढ़ा रहे ऊपर गाड़ी में डाल गाड़ी। गाड़ी अरे निकले। जाएंगे अभी फोटो निकालेंगे। रे, मजा आ पे घूम घूम के तो पसीना हो गया पैंट में और आखिरकार कोई दुकान नहीं दिख रही है <laughs> मेरा कोई दुकान नहीं दिख रहे थे तो अभी उतरेगा मुझे बना रहे इतना दूर ब्लॉग बनाने के लिए आया हूँ मैं तो अभी चैनल खोला नहीं हो ब्रो तो ऐसा हो वीडियो देखा है ना तो हेलो राइज सब्सक्राइब चंदन चंदन ये सब अच्छा लगा वहाँ क्या ये ऐसा कर रहे हैं मैम <laughs> तो राइज थोड़ी टाइम बाद हम लोग जैसे दूसरा ब्लॉग शुरू करेंगे क्योंकि मुझे लगता है बहुत बड़ा ब्लॉग दिया